रेस्टोरेंट जैसी पनीर की सब्जी जब घर पे मिले तो कोई रेस्टोरेंट क्यों जाए आज हम बनाने जा रहे हैं रेस्टोरेंट स्टाइल पनीर टिक्का मसाला इसे बनाना बहुत आसान है और उसका टेस्ट अमेजिंग आता है या आप देख सकते हैं इसका कलर टेक्सचर। तो अगर आज की ये रेसिपी आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें तो चलिए आज की ये रेसिपी शुरू करते हैं अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेलाइकन पर जरूर क्लिक करें उससे मेरे वीडियोज़ के सारे नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेंगे पनीर टिक्का मसाला बनाने के लिए सबसे पहले हम एक बर्तन में दो से तीन बड़े चम्मच दही डाल देंगे अगर आप घर पे जमाया हुआ दही यूज़ करें तो दो ही चम्मच यूज़ करें एक बड़ा चम्मच यहाँ पे बेसन डाल देंगे इसके बाद हम इसमें डाल देंगे अजवाइन अजवाइन से टेस्ट अच्छा आता है लेकिन आप इसके बिना भी बना सकते हैं तो यहाँ पर एक चौथाई छोटा चम्मच अजवाइन एक तिहाई छोटा चम्मच हल्दी पाउडर आधी छोटी चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर एक तिहाई छोटा चम्मच यहाँ पर धनिया पाउडर डाल देंगे एक तिहाई छोटा चम्मच जीरा पाउडर थोड़ा सा गर्म मसाला पाउडर डाल देंगे और लास्ट में हम इसमें डाल देंगे ये तंदूरी मसाला पाउडर इसकी जगह आप किचन किंग मसाला भी यूज़ कर सकते हैं थोड़ा सा तेल डाल दें इसके बाद हम इसे अच्छे से मिला देंगे हमें पनीर को पहले कोट कर लेना है तब तो हम इसमें नमक डाल देंगे तो नमक यहाँ पे ज़रा सा यूज़ करें क्योंकि हमें करी में भी नमक यूज़ करना है तो नमक जरा सा डाल के और इसे अच्छे से फेंट के हम इसका एक थक बैटर बना लेंगे पानी इसमें ना यूज़ करें तो ये हमारा बैटर रेडी हो चुका है अब हम इसमें पनीर के क्यूब्स डाल देंगे तो मैंने यहाँ पे पनीर के बड़े टुकड़े किए हैं आप चाहे तो छोटे टुकड़े यूज़ करें पनीर मैंने यहाँ पे 250 ग्राम यूज़ किया है इसके बाद हम इसमें शिमला मिर्च तो मैंने यहाँ पे लाल हरा और ये प्याज लिया है और पीला शिमला मिर्च लिया है सबके क्यूब्स काटे हैं जैसे पनीर है वैसे ही मैंने इसे कट किया है और इसके बाद इसे पनीर के साथ हम मैरिनेट कर लेंगे अगर आपके पास लाल और पीला शिमला मिर्च नहीं है तो आप सिर्फ हरा वाला शिमला मिर्च और प्याज यूज़ करें तो यहाँ पर इसे अच्छे से मिला दें अब हम इसे 20 मिनट के लिए ढक के फ्रिज में रख देंगे 20 मिनट बाद मैंने इसे फ्रिज से निकाला और इसे हम एक बार अच्छे से मिला देंगे तो यहाँ पे पनीर जो है वो अच्छे से कोट हो चुका है दही और मसालों से तो अब हम चलते हैं इसे पकाने के प्रोसेस में तो गैस ऑन करके एक तवे पे तेल गर्म करेंगे तेल को अच्छे से स्प्रेड कर दें और उसके बाद जैसे हम पनीर टिक्का बनाते हैं वैसे ही ये मैरिनेट किया हुआ जो पनीर है वो तवे के ऊपर रख देंगे तो इसे ऐसे स्प्रेड करके रखें ताकि सारे पनीर जो है वो इक्वली पके तो यहाँ पे पनीर और शिमला मिर्च प्याज जो भी है सब मैंने इस पे डाल दिया और इसे हम मीडियम फ्लेम पे पाँच से सात मिनट तक पकाएंगे बीच बीच में आप इसे पलटते रहें ताकि ये जले नहीं आप चाहें तो पनीर टिक्का को इसकी ओर में लगा के और उसके बाद अवन में भी पका सकते हैं तो ये हमारा पनीर जो है वो दोनों साइड से अच्छे से पक गया है आप देख सकते हैं इसके ऊपर ब्राउन लेयर दिख रही है पनीर जो है वो थोड़ा सा क्रिस्पी दिख रहा है तो पनीर टिक्का हमारा रेडी हो चुका है अब हम चलते हैं ग्रेवी बनाने के प्रोसेस में तो इसे गैस से हटा के अलग रख दें और गैस पे दूसरा पैन गरम करें पैन में हम वापस तेल डालेंगे और तेल के गरम होते ही जैसे जीरा डालते हैं जीरा डाल देंगे जीरा को थोड़ा सा पका लें उसके बाद दो मीडियम साइज के प्याज बारीक कटे हुए डाल देंगे प्याज को हम तीन से चार मिनट तक मीडियम फ्लेम पर भून लेंगे या फिर तब तक भुने जब तक कि वो ब्राउन ना हो जाए गैस का फ्लेम मीडियम रखें और ये हमारा प्याज जो है वो फ्राई हो चुका है तो अब हम इसमें एक छोटा चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट डाल देंगे इसके बाद मिला दें इसे अदरक और लहसुन को हम आधे मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर भूल लेंगे प्याज के साथ इसके बाद हम गैस का फ्लेम लो कर देंगे और आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर डाल देंगे एक छोटा चम्मच यहाँ पे कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल दें ये तीखा कम होता है आधी छोटी चम्मच हम धनिया पाउडर आधी छोटी चम्मच जीरा पाउडर डाल देंगे गरम मसाला हम बाद में यूज करेंगे मसालों को लो फ्लेम पे आधे मिनट के लिए पका लें मसालों को जब आप तेल में डालेंगे तो सब्जी का जो कलर होता है वो बहुत अच्छा आएगा बस ध्यान रहे कि गैस का फ्लेम लो रहे इसके बाद हम इसमें एक तिहाई कप टमाटर की प्यूरी डाल देंगे अगर आपके पास टमाटर की प्योरी नहीं है तो दो छोटे टमाटर को बारीक काट के डाले या फिर टमाटर को घीस के डाले तो मिला दें इसे अच्छे से प्योरी से सब्जी का कलर अच्छा था इसलिए मैंने यही यूज किया है अब हम टमाटर की प्यूरी को मसालों के साथ पका लेंगे तो पैन को कवर कर दें और पाँच से सात मिनट तक लो फ्लेम पे पकने दें जब तक कि मसालों के किनारे से तेल न दिखने लगे तो ये हमारा मसाला जो है वो फ्राई हो चुका है ये आप देख सकते हैं तेल किनारों से दिख रहा है मसालों को आप जितना ज्यादा भूनेंगे सब्जी उतनी ही अच्छी बनेगी बस मसाला जलना नहीं चाहिए तब तो हम इसमें सवा कप यानी वन कप के करीब पानी डाल देंगे और उसके बाद नमक डालें ध्यान रहे नमक हमने पनीर में भी डाला है तो नमक हिसाब से डालें इसके बाद इसे मिला देंगे और एक उबाल आने का वेट करेंगे तो पैन को कवर कर दें और पहला उबाल आने का इंतज़ार करें जैसे ही पानी में उबाल आ जाएगा ये देखिए तो करी हमारी बन गई है अब हम इसमें पनीर टिक्का जो हमने बना के रखा है वो डाल देंगे ये देखिए सारे पनीर को ऐसे ग्रेवी में डाल दें ग्रेवी का कलर तो बहुत ही अच्छा दिख रहा है अब सब्जी बनने के बाद कैसे दिखती है वो तो एंड में पता चलेगा तो ये पनीर डाल दिया मैंने मिला दी इसे अच्छे से अब इस सब्जी में हमारा काम खत्म हो चुका है बस पैन को कवर करेंगे और लो फ्लेम पे 10 मिनट तक पकाएंगे तो यहाँ पे पैन को कवर कर दे और 10 मिनट तक आराम से पकने दे इसे दस मिनट बाद मैंने पैन का ढक्कन हटाया और ये हमारी मज़ेदार पनीर टिक्का मसाला जो है वो रेडी हो चुकी है इसका टेक्स्चर आप देख सकते हैं एकदम मखमली स्मूथ बहुत ही एक कलरफुल एकदम रेस्टरेंट जैसा दिख रहा है तो लास्ट में इसके ऊपर थोड़ा सा गर्म मसाला डाल दें और अगर आपके पास कसूरी मेथी है तो थोड़ा सा ऐसे रब करके स्प्रिंकल कर दें कसूरी मेथी नहीं है तो आप उसके बिना भी बना सकते हैं इस सब्जी में आप क्रीम का यूज़ ना करें अब हम पैन को कवर कर देंगे और गैस को यहाँ पे बंद कर देंगे सब्जी को 5 मिनट के लिए छोड़ दें 5 मिनट बाद मैंने पैन का ढक्कन हटाया और यहाँ पर आप देख सकते हैं ग्रेवी का जो टेक्स्चर है वो पहले से ज़्यादा ठीक हो गया है और ये हमारी मज़ेदार पनीर टिक्का मसाला रेडी हो चुकी है यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ ये देखिए तो ये हमारी सब्जी जो है वो रेडी हो चुकी है अब हम चलते हैं इसकी प्लेटिंग करने के प्रोसेस में तो सर्व करने के लिए आप इसे किसी भी बर्तन में निकालें और यहाँ पे आप देख सकते हैं सब्जी का कलर जो ग्रेवी का जो टेक्सचर है वो बहुत ही बढ़िया है बहुत ही अमी बहुत ही टेम्पटिंग लग रहा है तो लास्ट में इसके ऊपर धनिया पत्ता से गार्निश करके और आप इस सब्जी को गर्मा गर्म रोटी पूरी पराठा नान कुलचा किसी के साथ भी सर्व करें ये सबके साथ अच्छा लगता है तो आप इस पनीर टिक्का मसाला की रेसिपी को जरूर ट्राई करें और अगर आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज आप मेरे वीडियो के नीचे लाइक का बटन क्लिक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें